सबसे सस्ती और सबसे बेस्ट कार तुम्हारा भाई आ गया है लेके तो चैनल पे न तो सब्सक्राइब करना मत भूलना वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल तो तुम्हारा भाई आ चुका है फिर से एक न्यू वीडियो के साथ एक न्यू ब्लॉग के साथ चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना जैसे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन तो सबसे पहले आपको मिले इसलिए आज जितनी भी कार दिखाए उसकी सभी कार की कंडीशन की मैं बात करूँ तो बेस्ट एंड बेस्ट कार चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना मारुति सुजीकी स्विफ्ट वीएक्साइफ मॉडल बजार ओगनीस हालली ओग चालीस हजार फ्यूल वो पेट्रोल ओनर फर्स्ट प्राइस सात लाख पच्चीस हजार ने को मोबाइल नंबर नव्वाणु जीरो अठाणु मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्सन में मूकेला है दूसरा नंबर प्राप्त एमडल सत्तर हाल एक लाख दस हज़ार फ्यूरली बात कर दो डीजल ओनर फर्स्ट प्राइस पांच लाख नेवर नेगोसेबल मोबाइल नंबर नवाणु जीरो अठाणु एकसठ बे चौतरीस मारुति सुजुकी सियाज मॉडल आलेली चौदह हाली त्रीस हजार फ्यूल तो पेट्रोल ओनर फर्स्ट प्राइस पिस्तालीस हजार नेगोशियबल चौथे नंबर पर मारुति नहीं नों आई ट्वेंटी मॉडल बेहजारेर आतेर हजार फ्यूल करें तो डीजल ओनर फर्स्ट प्राइस तरह लाख तीन सौतेर हजार ने को छठे नंबर पर <स्थी> वरना मॉडल लिया बात कर तो पेट्रोल ओनर फर्स्ट प्राइस चार लाख सातवें नंबर आती है मारुति स्विफ्ट मॉडल बजार चौद हालेली सीतेर हज़ार फ्यूलि डीजल ओनर फर्स्ट प्राइस चार लाख पचास हज़ार नेकोसेब मोबाइल नंबर नवाणु जीरो अठाणु एक्सठ बे चौतरी बढ़ी गाड़ी डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्सन में अपेली है